तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आए हो पाँगा? आप लोग अच्छे ही होंगे तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने एसडी कार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना ठीक करना फिक्स करना तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे पर तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और हाँ जो ब्लाइन से भी प्रेस कर दिए ताकि हम लोग कभी भी इसी तरह की वीडियो ले आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास जाए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी अपना एस कार्ड को यहाँ अपने फ़ोन में इंसर्ट कर दिए हैं डाल दिए हैं तो और फिर भी आप लोगों का यहाँ पे एस कार्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर में जा दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नहीं हो रहा है शो मेरा एसडी कार्ड का मैंने यहाँ पे डाल दिया है तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करना है तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद अगर आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन होगा तो यहाँ पे आप लोग को रैम एंड स्टोरेज स्पेस सर्च मार लेना है अगर नहीं है तो आप लोग को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट पे चले जाना है जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैम एंड स्टोरेज इस्पेस यहाँ पर आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद आप लोगों को किसी पर भी क्लिक नहीं करना है आप लोगों को सिम्पली यहाँ पर माउंट एस कार्ड का ऑप्शन आप लोग के भी फ़ोन में यहाँ पर शो हो रहा होगा तो आप लोग बस इस पर ऐसे करके क्लिक कर देंगे करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस्पेस इसका आ गया है एसडी कार्ड का तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर में भी जाके दिखा देता हूँ ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसडी कार्ड स्टोरेज का भी यहाँ पे सो so, हो रहा है ऑप्शन तो फ्रेंड्स अगर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाथों बेलाइकन से भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग कभी भी इसी तरह की वीडियो लगाए तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए तो फ्रेंड्स अगर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी तो आप लोग मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपलोड कर दी है जिसको देखने से आप लोग का हंड्रेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग